सिंगरौली के पीडब्ल्यू विभाग के दैनिक वेतन भोगियों का पेमेंट नहीं होने के चलते पीडब्ल्यू विभाग बंद कर दिया गया था पीडब्ल्यू ऑफिस को जबलपुर को भुगतान नहीं किया उन्होंने जिसके बाद यह कार्रवाई की गई अब भुगतान के बाद फिर से ऑफिस को खोल दिया गया है जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने पीडब्ल्यू डी विभाग को बंद कर दिया था पीडब्ल्यू डी विभाग के सोलह दैनिक वेतन भोगियों के करीब आरोप था की उन्होंने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया था जिसके बाद राम नरेश रावत की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यू डी विभाग को वेतन नहीं देने के चलते सील करने का आदेश दिया था जिसके बाद सिंगरौली पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा दैनिक वेतन वेतन भोगियों के का भुगतान कर दिया गया है। तहसीलदार रमेश कोल ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने सभी 16 कर्मचारियों का भुगतान कर दैनिक वेतन भोगियों के भुगतान से संबंधित कार्रवाई थी जिसको माननीय सत्र न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग कार्यपालनियंत्रित लोक निर्माण विभाग सिंगरौली द्वारा सत्तरों को भुगतान न करने के कारण न्यायालय किया आदेश थी और दिनांक 4 अगस्त 2022 को कार्यालय को सील करने की कार्रवाई की गई थी और इसके उपरांत विभाग द्वारा प्रयास करके ब, उन दैनिक वेतन वेतनपयोगी कर्मचारियों के स्वत्वों के निराकरण के संबंध में कार्रवाई की गई और शासन द्वारा 20 सितंबर 2022 को उनके भुगतान की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके उपरांत कार्यपालन यात्री लोक निर्माण विभाग ने दिनांक 22 सितंबर 2022 को उनके स्वत्वों के भुगतान के लिए वियक गौशालय में प्रस्तुत किया गया था और गौशालय से उनके शब्दों के भुगतान की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इसके उपरांत भुगतान की स्वीकृति होने के उपरांत आज जो है कार्यालय को पुनः खोलने की कार्रवाई की गई इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राम नरेश रावत के प्रकरण में कुछ निर्देश दिए गए थे आ, उसके अनुसार जब सीलिंग की कार्रवाई की गई थी तो आ, कुछ के भुगतान कर दिए ज दर्ल्डिंग बेस्ट रिजल्ट एंड डिलीवरिंग दस्ट मैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनी डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन